बहलाया तो तो करती थी उसी के हवाले से कुछ आपकी हवाले कर तमाम हजरा से दरखास्त है अच्छा और सच्चाई नजर आए तो तमाम तो तो तो तो तो हजरा मुझे अपने दो आउ से नवाजे तो मैंने ने, ने, ने, ने, यहां, यहां से मैं अपने शीर सफर शीरी का आगाज कर रहा हूं हली माँ कह रही थी ये हली कह रही थी मेरे गुड़दार सो जा माँ कह रही तेरे जागने में सद मेरी जानी सारा सो जा तेरे जागने में सद तेरे जागने में सद मेरी जानी सारा सो जाए अली मां कह रही थी और ये शेर बतोरे खास मल्हादा फरमाए माए के झूला झूला रहे थे कह कह के फरिषित आराम कर हबीबे आराम कर हबीबे आराम कर हबीबे पर बर देगा सो जाया जा राम कर हबीबे बे पर सो जा माँ कह रही थी यह हली माँ रही थी और हजरत हलीमा किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी मुलादा फरमाए बन साद का, का, का बन साद का पबीला हुआ तुझ से बा का साधीला बन का काबीला हुआ बबाब तुझ से मेरा दूध पीने वाले मेरा दूध पीने वाले गुल नोबार सो जा मेरा दूध पीने वाले गुल बार सो जाए अली माँ कै रही थी बहुत ही अच्छा शेर के यहाँ हली माँ कह रही थी और मेरा दिल तुझ पेवारी मेरा दिल तुझ पेवारी, पेवारी। मेरी जान तुझ तुझे मेरा दिल हो तुझ पेवारी तुझ पैारी मेरी जान तुझ पे सद करती वो प्यार सो जा मेरे नूर सो जा करती हूँ प्यार सो जा मेरे नूर वन सो जायाली माँ कह रही रही थी मेरे गुल जाए अली मां कह रही थी और इस नाच का ये भी शेर शेरा समाजों के हवाले कर रहा हूं रादा फरमाए तो मैंने कहा कि ये अली कह रही थी ये अली कह रही थी। कह रही थी माँ थी मेरे दार सो जा माँ कह रही थी इसका, इसका ये शेत्र तो जो से सुनने की कोशिश करे और अपने दिल, दिल के कानों से सुनें सुने ताकि आपको फायदा हो तो मैंने कहा हलीमा कह रही थी और हुआ बर पांव सर पर तो कहा खुदा मे अकी हुआ बर पांव सर पर और हुआ पांव सर पर तो, तो, तो कहा खुदा तेरा इतना जागना है तेरा इतना जागना है मुझे नागवार सो जा तेरा इतना जागना है मुझे नागवार सो जायली माँ कह कह रही थी और, और तेरी, तेरी चांद सी जमी पर तेरी चांद सी जमी पर मेरे रो तुख तेरे चांद सी जमीन पर और तेरी चांद से जमी पर तेरी मस्त अखड़ियों पर तेरी मस्त अखड़ियों पर मेरी जबानी सार सो जबाते मस्त अखड़ियों पर मेरी जबानी सार सो जाए माँ कै रही इसका, इसका ये, ये शेर के ये अली कह रही थी और है वादा उसका सच्चा है वादा, द्योंगा द्योंगा वादा उसका सच्चा और है वादा उसका अल्लाह बख्श देगा उम्मत के माँ के मार इतना नो जाएँ हली मा कै रही थी मैं हली माँ कै रही थी मेरे गुजार सो जाएँ हली माँ कै रही जरतम के साथ किया कितना बेहतरीन और क्या सुहाना मंजर होगा जब आप कैद जहाँ जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्ला हजरत के साथ बकरी चराने के लिए जाया करते थे और हजरत यू फरमाया करती थी सुने क्या था वो गर्मियों का मौसम था वो गर्मियों का मौसम कड़ी धूप पड़ रही है था वो गर्मियों का मौसम और था वो गर्मियों का मौसम कड़ी बकरियाँ चराने ना जा बत्रिया चराने मेरे शेर खार सो जा ना जा बरियाँ चराने मेरे शेर खार सो सोजी माँ के